कैसे किया तूने ये कैसे किया तूने ये याद नहीं आती क्या मेरी जाने दिया क्यों मुझे कैसे किया तूने ये कैसे किया तूने ये याद नहीं आती क्या मेरी जाने दिया क्यों मुझे